यार वही तो <laughs> अरे तीन स्कोड़ है भाई क्लॉक टावर पे झुंटी भाई अगर गन मिल जाएगी ना तो इजी तुम कहाँ पे उतरने वाले वाला, वाला okay, आई थिंक मेरे को ना पीला वाला घर तुम वो बोलो मैं, मैं पेटी के ऊपर उतरता हूँ पेटी के ऊपर डबल बेक्टर तेल लेने भाई तीन चार स्कोड में पेटी उतार के पेटी को लूटने वाला और रे बाप रे क्या गलत लैंडिंग भाई गजब वाहिया तो मैं पेटी को को। लूट के के डायरेक्ट ऊपर आ रहा हूं। अब वहाँ रहो, इजी निकालेगी इस गेम को। भाई बर बर के इस तो। भाई भर भर किल मिलने वाली है यार अरे अरे अरे। ओके मैंने धोया एक को। भाई मेरा एक वन टैप कोई कोई ना होता है मैंने तो हेड़ हेड़ मारे भाई इधर तो तुम भाई भाई मां आ गया बस तुम्हारे पास आजा तुम ही आ, okay, ही हो ना ये मैं ओके ऊपर ऊपर बंदा है उस घर के अंदर डबल वेक्टर के साथ सर जी आपको पता नहीं ना वहाँ का सीन इसलिए आप घुस रहे हो, जो भाई जब हाँ में हो डबल वैक्टर भाई हाथ में डबल वेक्टर की बात नहीं है गलत सी और रे बापरे भाई डबल डबल डबल वेक्टर वेक्टर तो वेक्टर किस बात का का डर? भाई वेक्टर सो है भाई है कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। पीछे से पीछे से मारो तो उसको पकड़ो पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। बाउंड्री में हाँ बाउंड्री में निकाल दू क्या हाँ निकालो ना इसको मैं छुरी मार के खत्म करता हूँ किसके कूले पे मारी मैंने छुरी है, मेरे को अंदर रुको ना खत्म है भाई क्रोनो, क्रोनो की शक्ति का गलत उपयोग किया जा रहा है भाई यहाँ पे वही तो भाई कुछ बंदे बहुत सटीक वो डालते हैं बता तुम्हें भाई वो चीज तुम देखना बहुत सटीक रोनाल्डो यूज करता है ऐसा यूज करता है ही नहीं सकते लेनाल्डो ले। तो देख देखो तो किसी के पास है क्या दूसरा नहीं यार। चलते है ना पिक वो डब्बे में मिली जाएगी पिक पिक की बात छोड़ो पिक की बात छोड़ो एक आइडिया है मेरे पास एक मस्त वाला बोलो बोलो फैक्ट्री से होके जाते क्योंकि फैक्ट्री इधर इतने बंदे तो नहीं थे पे तीन चार चार चार चार चार स्कोर स्कोर थी और हमने करीबन चार, मैंने मैंने चार बंदे मारे तुमने मारे okay? चार तो चार मारे मारे तुमने ना तो अभी दो स्कोर स्कोर तो खत्म हुई ना बाकी स्कोर तो तो तो अभी तक जिंदा है भाई किल खत्म खतम खत्म वो जोकर वाला था जोकर का पता नहीं कौन सा था बट मैंने एक को निपटाया फैक्ट्री फैक्ट्री पे चलता है ना हाँ फैक्ट्री से होते पोची नोक वहां से हमे हाँ। टू भी खरीद ओम पड़ी, ओम पड़ी, ओम बढ़िया बढ़िया ले गए इसका इंटरनेट गया हुआ क्या और यू गया और यू आया ऊपर okay? की साइड बंदों को देखो तुम एक मिनट कोई दिक्कत नहीं है तुम बंदे को संभालो तब तक मैं आता हूँ ये कहा से एडब्ल्यू एम लेके आया होगा भाई पता नहीं अरे भाई एक तो टावर पे है ओके okay. मेरे पास दो एडब्ल्यू में आ, मेरे को बताओ क्या करना है अभी खत्म एक बंदा टावर ये गया क्या टावर वाला बचा है टावर वाला बचा है ना मैं उसका कुछ करता हूं खत्म आजो टावर वाला एक डाउन टावर वाला भी एक डाउन है टावर वाला एक ही डाउन है बट कोच अच्छा, मेरा किल और... तो उसने ही चुराया ना अरे टावर में तो बंदे हैं पहले से ही और एक है और एक एमए2बी इसके पास इसके पास एमए2बी है भाई तुम उसको ना ना एक बार ऊपर ऊपर इसको मुंडी दिखाने के लिए करो ट्राई राय बाकी देखता हूं। मुंडी दिखा देना एक बार अरे यार <laughs> <लाए>। <laughs> भाई भाई, भाई रेंज नहीं है है क्या उसके पास भी तो एक मैं मारूंगा मैं इधर से मारूंगा ना तुम उसे उसको घुमाओ बस नीचे कूदेगा तो मैं मार दूंगा इजी पिजी झेल <laughs> नहीं, नहीं पाया होगा की भाई कहाँ से गोली चल रही है निकल जाते हैं इस वजह से उसने ना एम एट टू भी ढूंढ के इधर आके बैठ गया ये चिंता बेचारे के साथ हाँ उस टाइम निकल गए थे इस आद भी में तो डर था रुको रुको एक मिनट रुको उसके पास ना वो था क्या बोलते है लेवल थ्री का मैंने मैंने छोड़ दिया मैगजीन्स तो हाँ, ए, लगा दिया अपन ने मैगजीन इसके अंदर लेवल का शायद स्नाइपर, स्नाइपर एमो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा ना बढ़िया रहेगा जोन कहा गाड़ी होनी तो चाहिए आप देखो ना गाड़ी नहीं है बंदा? पे? मारो मारो मारो मारो मारो जिंदा अच्छा है कि अभी तक अच्छा, अच्छा रहे हैं। बंदा। आया तब मैं आया, मैं पीछे से आता हूँ तुम उधर से ही घेरो बहुत जैसा फील आ रहा है भाई दो बंदे है क्या बात अरे बहुत सही पीछे से भी कोई मार रहा है भाई एक और उसका टीम आ रहा है टीमेट्स आ रहा है उसका थोड़ा देख के एक डाउन है पूरा पूरा पूरा लो पुरा लो पुरा लो उसको रिवाइव करेगा इजी पीजी। कोई दिक्कत नहीं है। आने दो तो पड़ी पड़ी है है है इसको इसको मैं दो डाउन है दो डाउन है एक ही बंदा तो उसका बचा है हाँ, वो फर्स्ट वाला जो पीले वाला था ना जो मैंने पकड़ के दो दो ना दिया? दिया, दिया, दिया, okay. उट हुआ बताया वाला स्कॉर्ड अगर ये स्क्वाड गंदा प्रेशर आता अपने क्या बाहर की तरफ से देखना हाँ तो ये बीत के पीछे हो गया ना अभी तक क्या बोलते है दीवार के पीछे ठीक है आ रहे मुझे लग रहा है सोया हुआ भी हो सकता है ना देखो, आज एक काम करते करते पीछे की साइड है ना वो चेक छोड़ो, इधर स्नाइपर मिलने के से। ओ, भाई भाई, क्या लड़ाई इन्होंने, मस्त यार, बट हम लोगों ने आखिरकार जीत हासिल करी ली वो जो दूर वाला तुमने मारा ना बहुत बढ़िया मारा बता वो बहुत गंदा टाइम आ जाओ भाई अपन जाते है अभी पीक और पीक से पे पे आई थिंक के गेम गेम एंड एंड होने होने चांसेस मुझे नहीं लगता है पीक पे ही चांस होगा गेम एंड होने का और अभी अगर हम मिल गया तो बढ़िया बट सीन ऐसा है न की गाड़ी होगी तब अच्छी बात है वरना तब तक तो जोन भी आ जाएगा आ, और बीस है मतलब कि बीस एमओ है टोटल मेरे पास, हो जाएगा इसके अंदर। या तो को तो लाइक तो तो बात बात हाँ, कर दो जो भी लोग दबा देना स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ तरीके से क्योंकि लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना सब कुछ फ्री होता है अभी सब्सक्राइब करके बेल वाल आइकन दबा दो आगे जाके आपको लगता है यार मजा नहीं आ रहा देखने में तो अपन सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप कभी भी अपना जो जो दिमाग वो चेंज करके वगैरह कर भी आता है कर सकते हो तो कर दो यार सब्सक्राइब करके वाला और नोटिफिकेशन दोन कर दो बस इजी कोई दिक्कत बंदा मेरे पे पे देख लिया मैंने मैं क्रोनो। उसका क्रोनो क्रोनो ख़त्म का पूरा उपयोग कोई इनसे सीखे